नमस्कार मॉर्निंग मेडिटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों कहते हैं कि अगर आपने दिन की शुरुआत ही अच्छी कर ली तो पूरा दिन अच्छा जाता है इस ध्यान का उद्देश्य है कि आपको सुबह सुबह पॉजिटिविटी से आत्मविश्वास से और करेज से भरते जिससे कि आप दिन भर के चैलेंजेस को मुसीबतों को आसानी से झेल सकें और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें आराम से बैठ जाएं, बेहतर होगा कि आप पालथी मारकर जमीन पर बैठें अन्यथा आप कुर्सी पर भी बैठकर इस ध्यान का लाभ ले सकते हैं मलता से अपनी आंखें बंद कर लें अपनी दोनों हाथों को अपनी जांघ के ऊपर रख दें, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर एक और गहरी सांस अंदर और इस बार जब आप सांस बाहर छोड़ें पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एक एक रेशा रेशा विश्राम में जा रहा है सिर से लेकर पैर तक पूरी मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं। एक और गहरी सांस अंदर लें। और धीरे से बाहर पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है अपनी चेतना को अपने चेहरे के ऊपर ले जाएं। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स चेहरे के तनाव बाहर निकल रहे हैं आंखों की पुतलियां ढीली पड़ रही हैं। और आपका चेहरा एकदम ढीला पड़ रहा है इसके साथ ही आपका पूरा शरीर एक गहन विश्राम में उतरता चला जा रहा है रिलैक्स योर होल बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर विश्राम पूर्ण विश्राम अब आप अपनी चेतना को अपने सांसों के ऊपर लगाएं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके सांस की गति धीमी हो रही है और आपकी सांसें गहरी हो रही हैं आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है ट्रैंक्यूल हो रहा है और आपके शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं। इंजॉय दिस रिलैक्सेशन फॉर अनदर फिफ्टीन सेकेंड्स अब आप अपने हृदय पे अपने दाए हाथ को रखें और महसूस करें कि हृदय से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है दोस्तों हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिव है किसी ऐसी एक घटना को याद करें जिसके लिए कि आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं या परमात्मा को धन्यवाद कह सकते हैं यह कुछ भी हो सकता है आज आपको खाना मिला आपके पास एक बेटा है आपके पास एक नौकरी है आपने कोई एग्जाम क्लियर किया कुछ भी सिर्फ इक्कीस सेकेंड तक उस घटना पे अपनी चेतना को फोकस करें और ये महसूस करें कि पॉजिटिविटी की वेब्स सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय से निकलकर पूरे शरीर को ओतप्रोत कर रही है दिल से परमेश्वर को धन्यवाद कहें से थैंक यू फ्रॉम एवरी सेल ऑफ योर बॉडी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी थैंक यू थैंक यू अब इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दें एक बार फिर से अपने सांसों के साक्षी बने ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग फॉर एनदर टेन सेकेंड्स और अब आप देखें कि आज दिन में ऐसे कौन से तीन लक्ष्य हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं ये कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो सकता है कोई एग्जाम का पेपर सॉल्व करना हो सकता है या कोई लेटर लिखना हो सकता है जो कुछ भी है सिर्फ तीन काम वो तीन काम जो कि आज आप करना चाहते हैं उसको अपने जहन में लाएं और अब आप देखें कि आपकी मांसपेशियों में वो सारा बल सामने आ रहा है आपकी इंद्रियों में वो ताकत आ रही है आपके शरीर में वो ऊर्जा आ रही है जिसके सहारे कि आप अपने काम को बड़ी ही दृढ़ता से एक प्रवीणता से एक आसानी से कंप्लीट कर रहे हैं आप अपने काम में पूरी तरह से दक्ष हैं और आज का दिन ऐसा गुजर रहा है जैसे कि आप अपने वर्क के मास्टर हो आप अपने काम के मास्टर हैं देखिए जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है आप उसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं और हर कोई चाहे वो आपका जूनियर हो या आपका सीनियर हो आपकी वाहवाही कर रहा है इस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करें और और मन ही मन ये दोहराएं कि मैं अपने काम में प्रवीण हूं आई एम परफेक्ट इन माई वर्क आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ आई कैन डू एनी मैं ही अपने जीवन की नैया का खेवैया हूं और मैं जो चाहू अपनी जिंदगी के साथ कर सकता हूं मैं ही अपने जीवन की नैया का खेवैया हूं और मैं जो चाहूं अपनी जिंदगी के साथ कर सकता हूं महसूस करिए कि आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं मेंटल स्ट्रेंथ है कंधे पे जोश है शरीर में ऊर्जा है हृदय में उत्साह है जिससे कि आप अपने काम को एक मास्टरी के लेवल पे कर रहे हैं आप अपने काम को परफेक्टली कर रहे हैं इसे महसूस करें और अब अंतिम चरण में आप मन ही मन इन एफर्मेश्स को दोहराएं परमात्मा की ऊर्जा मेरे साथ है एनर्जी ऑफ गॉड इज ऑलवेज वर्किंग थ्रू मी मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं आई कैन डू एनीथिंग मैं अपने काम में परफेक्ट हूं आई एम परफेक्ट इन माय वर्क एनर्जी ऑफ गॉड इज फ्लोइंग थ्रू मी I can do anything. थिंग मैं जो चाहू वो कर सकता हूं परमात्मा की ऊर्जा मेरे अंदर बह रही है मैं अपने काम में परफेक्ट हूं अगले तीस सेकेंड तक इस ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण में बह जाने थे इस पॉजिटिविटी को अपने शरीर के एक एक नस नस में उतर जाने